ना को तो और पे और आहा। अरे भाई मैं भी देखा भाई मेरे को भी मादर चो है कर लड़ू मजा कर नहीं तो नहीं। रंडी रंडी हैकर है का रंकर माधिया है तृतीया माधर चौध बैंड जो है कर